अब हम बात करते हैं मानव विकास भाई कि भाई पूछ लिया जाए कि मानव विकास का अर्थ क्या है तो हम क्या कहेंगे तो मानव विकास का अर्थ होता है कि मानव की मानव का संपूर्ण विकास से है मानव विकास का अर्थ मानव के संपूर्ण विकास संपूर्ण विकास से हम क्या कहेंगे फिर उसका आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर राजनैतिक स्तर पर और स्वतंत्रता जो हम बात करते हैं कि फ्रीडम है ना तो स्वतंत्रता के साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य और जो भी अन्य अवसर उसे मिलते हैं सभी अवसरों की में समानता समानता के आधार पर उसे स्वतंत्रता मिले इस आधार पर जब चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं मानव विकास या हम कहते हैं कि मानव का संपूर्ण विकास हो रहा है हर क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था जो है वो विकास कर रही है राजनैतिक क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर उस देश की एक प्रभुसत्ता स्थापित हो गई है है ना वहाँ पर और किस आधार पर कहेंगे कि इकोनॉमी तो है ही उस इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने के लिए जितनी आधुनिकतम तकनीकें जो हैं वो वहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं और वो तब प्रयोग की जाएंगी जब उस देश का जो नागरिक है वो खुद ही एक उन्नत प्रौद्योगिकी से लैश होगा हम कह सकते हैं कि ये सारी जानकारियाँ सारी सभी बातों का ज्ञान जो है वो उसे होगा तभी तो वो अपने देश को आ, इस विकास की तरफ अग्रसर कर सकता है क्योंकि हम जब भी सभी संसाधनों की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो कौन है मनुष्य स्वयं है मानव खुद है जो कि अन्य सभी संसाधनों का विकास करता है या उसे अपने उपयोग के लायक बनाता है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन तो मनुष्य ही है तो मनुष्य का जब समुचित विकास होगा और हर क्षेत्र में विकास होगा तभी हम उसे मानव विकास कहेंगे हाँ एक दूसरी चीज और है कि जब मानव विकास हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि मानव विकास का मतलब है ये सभी क्षेत्र में तो उसका विकास ही होगा लेकिन साथ ही साथ सार्थक जीवन होना चाहिए ये नहीं भाई कि उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई सौ साल तक कोई आदमी जी रहा है है ना हम कह रहे हैं कि इस देश की जो जीवन प्रत्याशा है वो अस्सी की उम्र है तो ज्यादा जीवन या लंबी आयु जीवन जीने से उसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है सार्थक जीवन का सार्थक जीवन का मतलब होता है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 यहाँ दो पिक्चर आपको नजर आ रहे होंगे एक व्यक्ति जो है वो बेचारा सा बैठा हुआ है और कह रहा है कि भाई कल का क्या है हमें तो पता नहीं आज जैसे जी रहे हैं वैसे जी ले रहे हैं पता नहीं कल क्या होगा कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इस व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य जो है वो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन यही दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की है और वो कह रही है कि मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ बढ़ना चाह रही हूँ और कुछ बनना चाह रही हूँ कुछ बनना चाह रही हूँ मतलब हाँ वो अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि वो डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा है मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ और डॉक्टर बनके मैं देश के लोगों की जो है चिकित्सा सुविधा जो है उसमें उसकी बढ़ोतरी करना चाह रही हूँ अपने ज्ञान में इतनी वृद्धि करूँ कि मैं जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं या हर बीमारी का इलाज ढूंढ लूँ और इस चिकित्सा को इस इलाज को हर व्यक्ति तक पहुँच तक मैं उसको पॉसिबल कर पाऊँ तो इसके जीवन का एक उद्देश्य है वहीं हम एक और पिक्चर में देख रहे हैं एक बच्चा कह रहा है कि मैं सैनिक बनना चाह रहा हूँ और सैनिक बन मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ देश के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो यही इस पिक्चर से ही हम समझ सकते हैं कि एक के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है भले ही वो इस सोच के सहारे ९० साल तक जिए लेकिन आ, मतलब ही नहीं है क्योंकि उसके जीवन का आगे कुछ करने का कोई लक्ष्य कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन यहीं पर हम देख रहे हैं कि और दो पिक्चर में वो आ, अपने उम्र में ही एक आ, आ, टारगेट लेके चल रहे हैं एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मुझे आगे चलकर ये करना है और अपने देश के लिए कार्य करना है तो मानव विकास में हम देखते हैं कि ये सारी स्वतंत्रताएं स्वतंत्रता मतलब अवसरों की समान रूप से चाहे लिंग के आधार पर हो जाति के आधार पर हो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए सभी को समान अवसर मिलने की स्वतंत्रता हो उनका आर्थिक विकास हो सामाजिक विकास हो राजनैतिक विकास हो और साथ ही साथ ये जीवन जीने की जब उनको स्वतंत्रता मिल रही है तो उनके जीवन जीने का एक सार्थक जीवन वो जिए या उनके जीवन का एक उद्देश्य हो उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए तभी हम सही अर्थों में मानव विकास कह सकते हैं अब हम देखते हैं आ, ये मानव विकास की संकल्पना कब से आई तो मानव विकास की जो संकल्पना है लगभग हम बात करते हैं 1980 और 90 के दशक के पहले जो मानव विकास था या ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात की जाती थी तो उसका तात्पर्य होता था कि अर्थव्यवस्था का विस्तार किसी भी राष्ट्र या देश का उस देश की अर्थव्यवस्था जितनी फैली होगी जितनी बड़ी होगी जितनी विस्तृत होगी वो अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वहाँ मानव विकास उतना ही अधिक होगा लेकिन भाई फिर धीरे धीरे ये इस चीज को बदलने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि भाई सिर्फ अर्थव्यवस्था में बदलाव या अर्थव्यवस्था के बड़ा होने से ही हम मानव विकास नहीं कह सकते हमें एक इस इसमें सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक चेंज या गुणात्मक परिवर्तन की बात की गई या ये विचार किया गया कि जब तक किसी देश की अर्थव्यवस्था या उस देश में राष्ट्र में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक हम उसे मानव विकास नहीं कह सकते तो अब हम जब गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा तो उस गुणात्मक पक्ष के या हम कहें कि विकास के जो कुछ मुख्य केंद्र बिंदु हैं वो कौन कौन से होंगे किस आधार पर हम कहेंगे कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है या उसका म, आ, हम मापन कैसे करेंगे किस आधार पर कहेंगे कि वहाँ मानव विकास हो रहा है तो इस मानव विकास के जो केंद्र बिंदु हैं या उसके दूसरे पक्ष की हम बात करें तो तीन जो आपको दिख रहे हैं पहला शिक्षा दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है क्रह शक्ति इन तीन आ, बातों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि मानव विकास वहाँ किस अवस्था में है या उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं शिक्षा तो ज्ञान प्राप्त कर पाना आ, मतलब किसी देश में हम कह रहे हैं जनसंख्या तो अभी हमने बात की थी ना कि भाई बढ़ रही है लगातार ग्रोथ हो रहा है वृद्धि हो रही है लेकिन वहाँ पर लोगों को वहाँ के नागरिकों को आ, शिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही है तो हम कैसे कहेंगे कि उस देश का विकास जो है वो हो रहा है है ना गरीबी बढ़ रही है गरीबी के कारण आ, लोग कह रहे हैं कि भाई चलो पाँच साल का या आठ साल का बच्चा हुआ तो पढ़ने में तो कुछ रखा नहीं है चलो हमारे साथ काम करने और मजदूरी करने के लिए जो पेरेंट्स हैं माता पिता हैं वो अपने पास ले गए कि भाई चलो पैसे की आ, कुछ तो आवक होगी आय का कुछ तो सोर्स होगा तो उनके पढ़ने में रुकावट आ गई आप कई बार बाज़ार जाते होंगे सब्जी लेने के लिए तो सब्जी लेने जब जाते होंगे आप तो देखते होंगे कि अपने माता या पिता के साथ एक कुछ छोटे बच्चे या हम कहें कि 10-15 साल का बच्चा भी वहां जो है वो सब्जी बेचने के लिए बैठा हुआ है तो क्यों क्या बात है मतलब उनके पास पैसे नहीं है इनकम नहीं है गरीबी है और उस गरीबी से मजबूर होकर आ, वो काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं वो स्कूल जाने की उनकी इच्छा तो है शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा तो है उनकी लेकिन वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आ, वो गरीबी जो है वो कार्य करने के लिए उनको मजबूर कर रही है दूसरा स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी आ, एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मानव विकास का कि भाई जितनी आ, हम कह सकते हैं कि जिस देश या राष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जितना विकास होगा आ, अब एक बात हम करते हैं कि कोई इंसान कोई व्यक्ति जो है वो बीमारी से जूझ रहा है हाँ तो हम चाहते तो रहे कि उसका इलाज कराएं उसका ट्रीटमेंट कराएं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए लेकिन पैसे ही नहीं है तो जो तीसरा आपका है क्रय शक्ति तो क्रय शक्ति नहीं है क्योंकि गरीबी है उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है उनके पास कोई विकल्प नहीं है मतलब वो मजबूर हैं कि उनके स्थान पर जो सरकारी चिकित्सालय होगा वहाँ जितनी चिकित्सा सुविधा मिल पा रही है वो उतने में ही उनको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर जाकर और जो आधुनिक फैसिलिटी या ट्रीटमेंट की जो आधुनिक व्यवस्था होगी वहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो इच्छा तो है इच्छा शक्ति तो है इलाज कराने की या हम कहें शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है दूसरा कोई विकल्प नहीं है एक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक के पास कि वो काम करे क्योंकि पैसे नहीं हैं क्रय शक्ति नहीं है वो आ, किसी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जा सकते या अपने ही स्थान पर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं तो और कोई विकल्प नहीं बचता तो वो या तो अपने माँ बाप के साथ मजदूरी का कार्य कर रहे हैं या जूता पॉलिश कर रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं है उनके पास वही दूसरे जगह हम देख रहे हैं कि इलाज कराने की इच्छा तो है पूरी इच्छा शक्ति है हम चाह रहे हैं कि हमारा जो संबंधी है वो ठीक हो जाए लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी क्रय शक्ति उतनी नहीं है कि हम उस इलाज में पैसे जो है, वो खर्च कर पाएं तो ये जो तीन आ, विकास के हम व्यवस्था या उस देश में राष्ट्र में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता तब तक हम उसे मानव विकास नहीं कह सकते तो आ,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 एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है मानव विकास का कि भाई जितनी हम कह सकते हैं कि जिस देश या राष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जितना विकास होगा अब एक बात हम करते हैं कि कोई इंसान कोई व्यक्ति जो है वो बीमारी से जूझ रहा है हाँ तो हम चाहते रहें कि उसका इलाज कराएं उसका ट्रीटमेंट कराएं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए लेकिन पैसे ही नहीं हैं